खड़े ना उतरे तो आजमाने के तरीके तमाम बदल देना महफिल मोहब्बत की है नफरत वाले जाम बदल देना खड़े ना उतरे तो आजमाने के तरीके तमाम बदल देना महफिल मोहब्बत की है बेवफा वाले जाम बदल देना सामने बैठ और यहाँ देख कर बात कर तुझे तुझसे ना चुरावा लिया तो नाम बदल देना